वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता दूँ प्लीज़ मेरे हंड्रेड सब्सक्राइबर्स करा दो क्योंकि मेरे अपने दादू को बोला कि अगर मेरे उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चले गए मतलब सॉरी उनके में से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चले गए तो मैं अपने बाल कटवा लूँगा देखो उन्होंने अभी नया नया चैनल खोला है ठीक है ना इसलिए उनके चैनल में मत जाना मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल पर ही रहना किसी और के चैनल में मच जाना और हंड्रेड सब्सक्राइबर्स करा दो अभी ठीक है हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आज मैं खेल रहा हूँ पबजी मोबाइल पबजी इंडिया सॉरी बैटल मोबाइल इंडिया पता होगा देख लो यहाँ पे लिखा भी है तो अभी हम इरांगल खेलने वाले हैं और मैं इसको एक दिन से खेल रहा हूँ मेरे पास अभी इतनी सारी चीज़ आ चुकी है हम दिख रहा होगा शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है लेकिन है थोड़ी बहुत तो अभी स्टार्ट करते हैं इरांगल पे क्योंकि अभी इरांगल ही खेलेंगे हम सिंगल प्लेयर पर क्योंकि मेरे को ज़्यादा दोस्त नहीं है इसी और जो वो खेलते नहीं हैं इसी तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अब ये अरे क्या क्या है आगे हेलो अरे यार चैट पे कोई भी नहीं है पॉचिंग की जाएंगे हम यहाँ पे बंदे उतरने भी शुरू हो गए भाई साहब क्या चल रहा है एक सेकेंड वहाँ पे तो कुछ है भी नहीं सिवर नहीं जा रहे थे तुम लोग जाना रोजॉक जाओ सिवरनी किस बात का जा रहे हो वैसे मेरे को रोज हॉक जाना नहीं है रोज हॉक पे बहुत बंदे आने वाले हैं अरे नहीं आए बंदे स्कूल जा रहे क्यों या फिर पचिकी पचिंकी जा रहे होंगे ओके स्पीड में चलो मेरे को सबसे पहले उतर ओके यहाँ पे सामान तो ढूँढेंगे इस वाले इस वाले पे इन घरों के अंदर शॉर्ट जन हो और यू एम पी भी है ओके शॉर्ट जन की हो रहा है शॉर्ट जन अच्छी है मतलब मैंने खेला है एक मैच इसके अंदर शॉर्ट जन अच्छी थी एम पी नहीं होगी चलो शॉर्टन चाहिए बनी चीजें अच्छी चीज़ें बनी यहाँ पर मतलब हम जीत सकते हैं अगर शायद अगर यहाँ पे ज़्यादा बंदे ना आए तो ऊपर चढ़ना भाई ओके, ज़्यादा अच्छी लूट नहीं है यहाँ पे। स्मोक ले लो काम आ जाता है उस तरफ बंदे उतरे ओके ओके ओके जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ ले आऊँगा उधर डीबीएस अच्छी का ना लेनी चाहिए क्या कितने शॉप के अंदर ही बंदे मारे के मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसकी जगह पर डीबीएस लेता हूँ एम की जगह पर जैसे एम्स में लेंगे एम्स में उठा लेंगे ओके उस तरफ उस तरफ में गोलियां चल रही हैं। कहा बंदे अरे यारे यार एक सेकंड जाए बंदे नहीं दिख रहे हैं मैं थोड़ी उस तरफ में जा रहा हूँ डर लग रहा है को। उस तरफ में बंद मेरे को ऐसा क्या लग रहा है मैं फसा था बिल्कुल आप दोनों तरफ से बंदे आ रहे हैं मैं को लग रहा है बड़ा गंदा वाला फर्स्ट चुका पता चल रहा है नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था यहाँ पे कुछ भी बोल दो तो यार मैं। किधर है बंदे घोट बनने का नाटक करेगा हम कुछ किंग के मिनट्स नहीं मौका आ जाएगी आगे करके इसकी तो यही चीज है यहां पे पास ही गन जा बढ़िया अगर M4 मिल जाएगी तो DPS छोड़ देंगे इन्हें ले लेते हैं वो भाई साहब सर्कल में बन गए बॉट बनने का नाटक कर रहा है कहां पर है पागल समझेगे मिल को बॉट बनने का नाटक करने और मैं पागल बन जाऊंगा है किधर है सामने आ? मार दूँगा जल्दी आते सामने। वो आउटसर्फ करेंगे। मैंने पिटने वाली आदत कर दी है तुम्हें। अब उस बंदे को पक्का मेरी लोकेशन बताओगी। डीजे शॉट के खिलाने चलो। ओ बॉयस ऑवर शॉट डीजे इसका। दिमाग देखा इसी दिमाग कहते हैं। कहाया तो बंदे। ओके okay, ओके okay, उस तरफ उस तरफ मैं गोलियाँ चल रही क्या करूँ मैं एक सेकंड वापस वाला लेके बना बलो भागा आसाम Okay, मेरे पास कोई ग्रेनेड नहीं है ना जाओ डर से बॉट है यार ये बॉट से डर रहा था सही में? एम फोर नहीं जाएगा ना बता बाकी छोड़ो यही चाहिए इसको भी छोड़ दो ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ओके बंदा यार सही में बंद बॉट को बंदा समझ रहा हूँ हाँ दो भाई एम फोर थैंक यू फुटस्टेप तो दिखाई नहीं दे रहे हाँ हाँ चला गया शायद। ओके okay, वापस आ चुका शायद फुट स्टेप्स आ रहा आधे ऊपर आ रहा आधे बेटे आ रहा ऊपर आ क्या हुआ आ लग रहा ऊपर डर ना बेटे आधे बेटे आधा आधा ऊपर आ आधा आना कहा बंदा कैंपिंग कर रहा है अभी कर रहा हूँ लेकिन तब बेदल कैंटीन कर रहा है दिखे जाता हूँ ठीक है क्या ठीक है, है क्या कुछ कब सारे सामने वाले घर में क्या यहाँ पे बहुत सारे बंद ऐसे ही में मेरे अभी एक और रियल बंदे को मैं उसके पास मेरे से भी अच्छे कपड़े थे मतलब जो मेरे पास पढ़े अभी मैंटली के अंदर लेकिन मैंने ले नहीं रहते वाले कपड़े दो बंद के पास हमारे तो पास रियल होगा ना हो कहाँ हैं और बंदे यहाँ पे अभी गोलियाँ चली थी दोनों तरफ में गोलियां चल रही थी इन बंदे नहीं किसने बस और मेरे पाँच किलो सोचो क्या वैसे और बंदे कहाँ हैं मेरे को ऐसा क्या लग रहा है मेरे को लेजर टा देनी चाहिए इस वजह ले लो ओके तो बंदे ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पर है क्योंकि दोनों तरफ में गोलियां चल रही थी बंदा आ रहा है बंदा आ रहा है यार आदि तो बहुत भरा रखे हैं लेकिन ये बहुत नहीं लग रहा है मेरे को मेको हाँ सॉरी इसके पास धंधी दीजिए थी ग्रेनेड है ना किसी के पास यहाँ पे किसके पास है थैंक यू ग्रेनेट कहा है ग्रेनेट दे दो प्लीज ग्रेनेट चाहिए मेरे को उसके पास भी होगा हाँ नहीं है इतने बड़े बड़े बंदे आए किसी के पास भी ग्रेनेट नहीं था मतलब दूसरा दो ग्रेनेट लगे मेरे आ जाओ ना यार के सारे सारे के दिख रहा है भाई वापस रेड जोन यहीं पे बन में आएंगे बंदे बंदे यकीन तो है मेरे को पे आएंगे बंदा बंदा बंदा छोड़ नोब नहीं लग रहा है मेरे को ओ ओब ऊपर अबे यार बॉट बंदी बॉट आ जा रही लगातार कोई रियल बंदा ही भेज दो मतलब आया था एक रियल बंदा लेकिन वे याद मेर तो है मेरे से फालतू में कोई रियल अच्छे वाले बंदे भेजो ना प्रो बंदे डूब बंदों को मत भेजो ना वैसे अगर प्रो भेजेंगे तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा लेकिन तब भी उस वाले घर के अंदर चलते हैं यहाँ पे बहुत पेटियां बना दी मैंने साथ के साथ यहीं पे खोल दिया मेरे बंदे मेरे पास वैसे पिस्टल की स्किन है इस पिस्टल की तो ये के ले लेते हैं यहाँ से ये देखो ओके okay, अब मेरे को जोन में जाना पड़ेगा जोन में जाने के लिए वहाँ से गाड़ी लेनी पड़ेगी जो उस तरफ में है रिजल्ट्स। ओके okay, मैं जीत चुका हूँ सबसे पहला मैच ही मतलब वीडियो सबसे पहला मैच वीडियो में जब मैं खेल रहा था मेरा डैमेज इतना ज़्यादा क्यों नहीं क्योंकि बॉट्स थे भाई सबसे पहले बच्ची के अंदर बॉट्स आए थे इसीलिए ओके okay, मेरे हिसाब से वीडियो को अभी तक काफ़ी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत बोलना अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ तो कमेंट्स में जरूर बता देना तब तक के लिए बाई